हम है लोगी की, की शान, और हमारे ऊपर बेहद नेक इरादे का बोझ है इनकी कोई बात नहीं उसे छूना मत। ने समय रेखा का नियम तोड़ा है समय रेखा में गड़बड़ साफ दिख रही है विद्रोही की पहचान हो गई है माफ टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की ओर से समय रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्मे तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है हाथ ऊपर तुम हमारे साथ चलोगे मैं समझा नहीं। आखिरी मौका विद्रोही <laughs> वैसे ही ने नाक में दम कर दिया था और अब हमारा बुरा मत मानना पर आखिरी मौका हम तुम्हें देते हैं अब हट जाओ हमारे रास्ते से। इसे कहते हैं स्लो मोशन मोक टाइम स्लो बीतेगा पर दर्द पूरा होगा